नमस्कार साथियों आपको जानकर खुशी होगी कि 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में आईटी टी मेरा चॉकफेयर तो का आयोजन किया जा रहा है इस चौकफेयर में डिग्री डिप्लोमा आईटीआई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रेसर्स और अनुभवी लोग चॉफ्टवेयर में आए और आईटी टी एवं अन्य कंपनियों जो कंपनियाँ आएँ वो आई टी पी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टेलीकॉम की मोबाइल वगैरह की कंपनियाँ सिविल बैंकिंग फाइनेंस कंसल्टिंग पेट्रोलियम रिटेल इलेक्ट्रिकल और भी कई सारी कंपनियाँ इसमें आ रही हैं जो भी जॉब सीकर हैं, जॉब सुनना चाहते हैं इनके पास डिग्री क्वालिफिकेशंस हैं वो इस इसेगा जॉब फेयर में भाग लें इसमें भाग लेने ले का बड़ा आसान तरीका है आप आई टी वेबसाइट पर जाएँ वहाँ पर जॉब एज ई जॉब सीकर रजिस्टर करें रजिस्टर करने के बाद आपको रजिस्टर नंबर मिल जाएगा नंबर नंबर आपको मेल और में निशुल्क आप इस के विभाग द्वारा किए जा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें रोबोट्स वगैरह थ्री डी फोर डी एनिमेशन जिनकी जानकारी भी आपको यहाँ मिलेगी तो आप लेकेबल जॉब ढूंढने में कामयाब होंगे बल्कि विभिन्न प्रकार की आईटी के क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार के द्वारा किए जा रहे नवाचार उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी एक बार मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर और बता देता हूँ तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप आई जॉब फेयर डॉट वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ पर रजिस्टर एज ए कैंडिडेट आई जॉब सीकर इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा यहाँ पर आपको डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ मोबाइल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, जेंडर आप प्रेशर हैं एक्सपीरियंस हैं स्टेट इस स्टेट से बिलोंग करते हैं सभी स्टेट के लिए ओपन है ये डिस्ट्रिक्ट इसमें फिर आपके अकेडमिक क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग क्या है जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है पासिंग ईयर ज टेंसेंटेज परसेंटेज आपकी जो स्किल्स है क्या क्या आता है उनमें उन से आप पांच करके पाँच सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आप दिल्ली से चौकफेयर में जाएं और वहां पर अपना वहां पर आपको आपको और मिल जाएगी और यहां पे एंट्री कोई पिछ नहीं है आप वापस जाइए आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उम्मीद करता हूं कि मैं आप इस चौक में जयपुर में जाएंगे और जिले का, का नाम आप रोशन करेंगे तो आप एक टाइम वगैरह कप ले जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएँ धन्यवाद